हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे लेकिन कोई मीटिंग फिलहाल यहाँ पे हो नहीं रही है पीयूष यहाँ पे मस्त अपना गेम खेलने में लगा हुआ है माइनक्राफ्ट अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि YouTube के ऊपर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी बवाल चीज आने वाली है आप लोग उस चीज को देखकर एकदम हक्का-बक्का रह जाएंगे। सो so गाइज मैं आप लोगों को बता दू कि बहुत ही जल्द YouTube के ऊपर मेरा एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है ये गाइज म्यूजिक वीडियो ये जो मेरा आ रहा है ये आ सौरभ जी जी के साथ में एंड जब आप लोग इस म्यूजिक वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग चौक जाएंगे की आपको भाई और को हो गया एक तरीके से तो हाँ मैं खुद भी बहुत हूं। so guys, हुआ ये था कि को मेरा भाई निकल रहे हैं हल्दानी के लिए इसके पास बुलेट थी तो हमने सोचा बुलेट से निकल जाते हैं क्यूँकी स्कूटी से ज्यादा टाइम लगता है उसकी स्पीड कम होती है तो इसीलिए हम था वेट कर रहे हैं कि कब पूरी टीम आएगी तो हम बातचीत करेंगे गाने से रिलेटेड यहाँ पे पीयूष भी आ गया है तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था गाइस तो ऐसे मैंने आवाज रिकॉर्ड नहीं करी बस वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता दे नाश्ते में तो बहुत कुछ है खाने पीने के लिए येरा ओरियो भी हमारे साथ ही खाएगा एंड सब लोग साथ में बैठे हैं पीयूष वगैरह अब मैं आपको सौरभ जोशी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स दिखाना चाहूंगी आप लोग देख सकते हैं भाई ये तो मानना पड़ेगा इनमें टैलेंट है काफी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर... पहले ओरियो मेरे भाई को देख के लगातार भौके जा रहा था लेकिन अब भौंक नहीं रहा है उसके पास आके उसे सूंघ रहा है उसको मतलब ऐसे देख रहा है ताक छाक कर रहा है लेकिन अब भौक नहीं रहा है अब शायद ये लोग दोस्त बनने वाले हैं